कमजोर दुनिया को कुछ ऐसा चाहिए जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो सब वही बनाते हैं जिससे वो ये अकेला सौ, so सौ आदमियों की अकल और प्रतिभा इसमें प्रोग्राम की गई ठीक hey,